हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मेथी की सूखी सब्जी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं आलू मेथी की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मेथी ली है इसे अच्छे से साफ़ करके धो लिया है फिर इसे छोटा छोटा कट कर लिया है आप चाहे तो इसे और भी बारीक काट सकते हैं अब मैंने यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है अब इसके अंदर हम सबसे सब पहले डालेंगे ऑयल। हमें यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है देखिए हमारे ऑयल की क्वांटिटी ये लगभग एक बड़ा चम्मच के करीब ऑयल है अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और हरी मिर्च ये चौप की हुई लहसुन और हरी मिर्च है यहाँ पर हमें लहसुन की क्वान्टिटी बाकी सब्ज़ियों की तुलना में लगभग डेढ़ गुना लेना है और यहाँ पर मैंने दस से पंद्रह हरी मिर्च ली है आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बाकी ये इनफ है आप जहाँ तक हो सके लहसुन और हरी मिर्च को चोप करके ही डालें इसका पेस्ट बना के ना डालें अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक फ्राई होने देंगे ये देखिए दो से तीन मिनट हो चुके हैं फिफ्टी परसेंट तक कुक हो चुकी है अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वन टेबल स्पून नमक अब इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है वरना लहसुन और हरी मिर्च नीचे तले पे चिपकने लगेंगे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये दो मीडियम साइज के आलू मैंने आलू को अच्छे से छोटा छोटा काट लिया है उसके बाद इसे पानी में डाल रखा है ताकि ये काले ना पड़े अब हम इन आलूओं को इस लहसुन और हरी मिर्च के अंदर डाल देंगे जो कि फिफ्टी परसेंट तक कुक हुई है अभी देखिए अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इन आलूओं को भी ढक्कन लगाकर कर से चार मिनट तक पकाना है जब तक तो कि हमारे आलू जो है थोड़े से सॉफ़्ट ना हो जाए ये देखिए इस तरह से आलू को अच्छे से कवर कर देंगे हमारे आलूओं को पकते हुए तीन से चार मिनट हो चुके हैं इसमें टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आप गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम या फिर लो रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकने लगते हैं नीचे ये देखिए हमारे आलू हाफ कुक हो चुके हैं हमें पूरी तरह से इन्हें नहीं पकाना है अभी क्योंकि अब जब हम इसमें मैथी एड करेंगे तब ये पूरी तरह से कुक हो जाएंगे अब इस टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे ये एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर इस सब्ज़ी में हमें हल्दी पाउडर का यूज़ ज़्यादा नहीं करना होता है ये देखिए मैंने इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कटी हुई मेथी अभी हमें मेथी बहुत सारी दिखाई दे रही है आप पाँच मिनट बाद देखेंगे कि हमारी मेथी जो है ये क्वांटिटी में बिल्कुल आधी हो जाएगी अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप स्टार्टिंग से ही कढ़ाई पैन जो भी लेते हैं वो बड़ा लें क्योंकि जब हम इसके अंदर मेथी या पालक डालते हैं उस टाइम हमें बड़े बर्तन की नीड होती है ये देखिए कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि हमारी मेथी कितनी कम हो गई है क्वान्टिटी में ये देखिए हमारी मेथी को पकते हुए चार से पाँच मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी भी अच्छी तरह से पकी नहीं है अभी भी हमारी सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ रही है ये अभी लिक्विड सी लग रही है हम इसे चार पाँच मिनट और खुला पकाएंगे इस सब्ज़ी के लिए मैं आपको एक खास टिप देना चाहूँगी मेथी डालने के बाद आपको इस सब्जी को कवर बिल्कुल भी नहीं करना है वरना हमारी सब्ज़ी जो है कड़वापन ले, ले लेगी मेथी डालने के बाद आपको इसे मीडियम फ्लेम पर खुला ही पकाना है देखिए अब हमारी सब्जी जो है पहले से काफ़ी ड्राई हो चुकी है मतलब ये बनकर ऑलमोस्ट रेडी है अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए आपके आलू मेथी की सूखी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे अभी भी इसे कवर नहीं करना है पाँच मिनट तक अब हम हमारी आलू मेथी की सूखी सब्जी को सर्व करेंगे प्लीज़ आप फिर इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इस आलू मेथी की सूखी सब्जी को गर्मा गर्म और मूली के सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं आपको मेरी अदर रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाकर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं आपको मेरी कई तरह की रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएगी ये देखिए हमारी आलू मेथी की सूखी सब्जी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं ये दिखने में और खाने में दोनों में बहुत ज़्यादा टेस्टी प्लस हेल्दी होती है बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू